हेलो फ्रेंड कैसे हैं आई यो बच्चे होंगे तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रेंड्स की आप देख रहे हैं कल का एक अपडेट आया हुआ है यूफाई का बहुत बड़ा अपडेट है जैसा कि आपने जाना हुआ डिटेल में तो मैं आ, मैं भी वही डिटेल देने वाला हूँ बट मैं जो डिटेल देता हूँ फ्रेंड आपको फाइनली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप उसे कैसे इंस्टॉल करोगे और विथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विथ प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे क्लीन करना है और कैसे आर भी क्लीन होती है क्या उसका प्रोसेज है वो मैं सारा बताऊँगा अपडेट के बारे में भी क्योंकि अपडेट आपने देखा ही देखा है बट यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो वीडियो में आप ऐसा ही बने रहे वीडियो को लास्टिंग तरह आप जरूर देखिएगा और वीडियो में आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं अगर आप हमारे चैनल को नया हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में जो कंटेंट हमने दिया है इस वीडियो में पहले आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं कहां से इसको आपको अपडेट करना है कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीजें और डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक भी आपको दे दूंगा तो दूसरी चीज ये हमारे पास रखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग है और इसमें हम देखेंगे क्या क्या अपडेट है सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं और इसको कैसे इसके आरपीएम भी क्लीन करते हैं कैसे आरपीएम भी क्या कैसा है मैं सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखेगा तो चलिए तो सबसे पहला प्रोसीजर है फ्रेंड हमें इसे डाउनलोड कैसे करना है तो आप मार्ट फ्यू फॉरम से या फिर आप डायरेक्ट भी यूफ के साइड से भी जाकर कर सकते हैं नहीं तो आप व्यू फॉरम से जाकर के क्योंकि इनकी सिक्स एनिवर्सरी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं इसका जो अपडेट है यहाँ पे वर्जन वन 22 और 02 ये है इसका वर्जन लेटेस्ट वर्जन जो इन्होंने अपडेट किया हुआ है इसमें फ्रेंड और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें इंटरफेस को मैं आपको विथ वी लाइफ यू को खोल करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा कोई भी बोल करके या फिर ये स्क्रीन को दिखा करके मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं बता रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं तो इसीलिए सारी चीज़ें फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आ, ये जो अपडेट है इन्होंने इतनी जो सैमसंग की एम है यहाँ पे एम एम जो हम बोलते हैं इसको ये इसमें सारे वी टू टू वन और यहाँ पे टू टू वन ये टू टू वन ये टू फाइव फोर ये, ये, ये, ये, ये, ये सारे सैमसंग की जो आई हैं इन्होंने ऐड किया हुआ है इनकी आप बहुत अच्छी तरीके से आर को क्लीन कर सकते हो और जो इसका प्रोसीजर है आप उसे प्रोसीजर कर सकते हो देख सकते हो यहाँ पे है तो अभी ये देखिए अभी से फाइनली मैं बात करता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करना है तो आप ये तीन सोर्सेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव मेगा और मीडाफायर से आप इनको चूज करोगे आप हो जाएगा तो मैंने मीडाफायर सेलेक्ट किया था यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड कर आ जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइव फ्रेंड यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है अभी से जो हम मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन के पेज से नहीं बताऊँगा अभी मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा लाइव डेमो कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है सारी चीजें यहाँ पे तो वीडियो को देखिए ये सारी चीजें तो आपने देखी हुई है सारी चीजें डली हुई है तो अब मैं यहाँ पे आपको जो दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा लाइव तो चलिए अब यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड और करते हैं स्व फोल्डर और उसको कर लेते हैं इसको हम कर लिए फ्रेंड स्ट्रैक ये हमारे स्ट्रैक हो रही है जो भी है सारा चीज़ मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ये हमारा यूफाई बॉक्स अब हम इस यू बॉक्स से सारा चीज यहाँ पे करने वाले हैं आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे तो मैं यूफाई बॉक्स को कर देता हूँ कनेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यूफाई बॉक्स को हम यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट क्योंकि ये इंस्टॉलेसन प्रोसेस भी है अगर किसी को जो एकदम नए फ्रेसर है अगर उनको ये भी नहीं पता है कि हमें कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है तो ये वीडियो उनके लिए भी है तो अगर आपको इंस्टॉलेन पता है तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा तो चलिए ये यह मैं यहाँ पे प्रोसेस हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वी वन पॉइंट सिक्स और हमारा ये तो देखिए बॉक्स आपका लगा होना चाहिए नहीं तो ये ड्राइवर के बारे में डिटेक्ट करेगा अगर आपका बॉक्स नहीं लगेगा तो आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा तो आपका बॉक्स यहाँ पे लगा होना चाहिए यहाँ पे करना है नेक्स्ट और इसके अगर आपके पीसी में फ्रेंड ड्राइवर है तो ठीक है अगर आपके पीसी सिस्टम में ड्राइवर नहीं तो आप यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं है तो आप यहाँ से ड्राइवर को भी डाउनलोड कर सकते हो तो हमारे पीसी में ऑलवेज सभी ड्राइवर हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइवर को यूज नहीं करूंगा और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट तो ये एक प्रोसीजर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि फ्रेंड कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं यूफाई सेटअप हम कैसे इंस्टॉल करते हैं सारा प्रोसीजर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ सामने लाइव भी कर रहा हूँ तो अभी जस्ट सेकेंड यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ये चेकिंग फॉर यहाँ पे क्लीनिंग और यहाँ पे हो चुका है ये हमारा नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हमें यू का एमएमसी बॉक्स टूल हमें यूज़ करना है तो हम इसे कर देंगे फिनिश तो ये हमारा छोटा सा इंस्टॉलिंग प्रोसेस था ये हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो गया तो हमारे पास ये देख सकते हैं फ्रेंड ईम भी है और एम को मैं डिटेक्ट करके सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल में दूंगा ये इसका सॉकेट है और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे तो मैं आपको सारा चीज यहाँ पे वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड ये थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूं, ओके कर देता हूँ यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ देख सकते हो आपने यहाँ पे देखा था फ्रेंड कि जो आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट करेगा कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा न्यू न्यू एफ फॉर एमएमसी एम यहाँ पे आ चुका है देख सकते हैं आप यहाँ पे ये देखिए इतने सारे मॉडल्स मतलब इतनी सारी आप एम को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो मतलब क्लीन कर सकते हो तो ये देख सकते हो यहाँ पे तो फ्रेंड अभी करना कैसे है? प्रोसीजर ये मैं आपको सारा चीज मैं बताता हूँ चलिए मैं इसको सॉकेट में लगा लेता हूँ ये मैं सॉकेट में लगा लेता हूँ फ्रेंड और सॉकेट में लगाने के बाद ये मैंने सॉकेट में लगा लिया अब मैं इसके यूफाई के बॉक्स में इसको लगा लेता हूँ ये मैंने लगा दिया है अब हमें सिंपल और सिंपल करना है आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफाई करने के बाद ये देख सकते हैं हमारी ये एम एम डिटेक्ट हो चुकी है Samsung की एम है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो Samsung लिखा हुआ है इसकी स्टोरेज है ये सारी चीज़ें तो जो इसका जो बिग अपडेट है फ्रेंड्स उसका बिग अपडेट आपने देखा ही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एम एम सी ये यहाँ पे जो इसका अपडेट आया हुआ है आप इसका अपडेट देख सकते हो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आ, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू आप यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हो सारी चीज़ें तो सबसे पहले हम इसका रीड कर लेंगे और अगर आप कभी रिपेयर भी करना है फ्रेंड मैं आपको बता दूँ अगर सैमसंग की ईम हेल्थ अगर वो कनेक्ट नहीं होती है कोई एयर आती है तो आप यहाँ से अपलोड ई एम करके आप इम को रिपेयर भी कर सकते हो तो जो इसका बिग अपडेट है मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा सबसे पहले तो दिखा दो यहाँ पे जो इसका काउंटर है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी पूरी ईम एम सी हो गई इसकी डिटेलिंग तो आपको पता ही है जाहिर सी बात है नहीं पता है तो आप इंस्टीट्यूट इसे टेलीकॉम को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी आर पी एम बी है मेन जो आर पी एम बी का मैटर है यहाँ पे आप देख सकते हो आर पी एम बी इसका जो काउंटर है वन वन फोर मतलब ये ईम इसकी आर क्लीन नहीं है तो इसकी हम क्लीन प्रोसेस जो अभी तक आप इजी डेटेक में देख रहे थे वो हम यहाँ पे यूफ में देखने वाले हैं कैसे तो हमने ये डिटेक कर दिया ये इसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन सारी चीजें यहाँ पे सोकर है रेडमी नोट फोर की इसमें जो प्रोग्राम हुई थी एंड्रॉइड सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं यूजर एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रही सारी चीजें अब इसे हमें करना क्या है फ्रेंड तो सबसे पहले अगर आपको जो प्रोसीजर है सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इसको फैक्ट्री क्योंकि तो किसी भी आईसी को सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना होता है तो हमने उसको फैक्ट्री अगर फैक्ट्री रेज में कोई रर आता है सारी चीजें अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी स्टेप बास्टेप मैं अगर कोई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते कोई भी रर नहीं आया यहाँ पे हमारा डन डन डन और सारी चीजें हो गई तो एक बार हम फिर से इसको हम कर लेंगे आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको करेंगे पहले रेड इमेमसी एफ डब्ल्यू उसके बाद हम करेंगे इस अपडेट तो तो अब इसको करना तो आई वीडियो आपको अच्छा लगता होगा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलाइकन को दबा लें जिससे तो आपको मिले अब ये पूरी तरीके से हमारी क्लीन हो चुकी है वहां पर अब हमें करना है इसको एमएमसी को आरपीएम क्लीन तो चलिए फटाफट इसको करते हैं तो आरपीएम क्लीन करने के सबसे पहले हम इसका रेड कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी चीजें डली हुई हैं जो अपडेट है जो सपोर्ट है वो डला हुआ है आपको तो इसको हम रेड कर लेते हैं रीड करने के बाद रीड हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो इसके हम सीधा यू के एमएमसी और एफ और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर में इसकी आरपीएम जो फाइल है एफडब्लू वो रीड हो चुकी है अब उसके बाद हमें सिंपल और सिंपल क्या करना है यहाँ पे अपडेट्लू पे क्लिक कर देना है ये वॉन रहे हैं क्या सही है कि नहीं है आप स्योर हैं कि नहीं है तो यस आई एम श्योर तो इससे हम कर देना है ओके तो अब ये फ्रेंड प्रोसीजर हमारा चालू हो गया पहले तो जो इजीजेटेक में था आप उसे फाइल को टिक करके फिर पाथ को सेलेक्ट करना पड़ता था सारी चीजें इसमें बहुत इजी है और ये जो अपडेट है बहुत ही अच्छा, अच्छा अपडेट है और बहुत जल्द इसका यूएफएस का भी अपडेट आएगा तो ऐसे ही मैं बहुत जल्द यू का भी अपडेट दूंगा तो आप वीडियो में ऐसे ही आप बने रहें फ्रेंड अगर ये फ्रेंड आपको ये जो पूरा प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल तौर से आपको आ, सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल तौर से दी है कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका जो अपडेट था क्या अपडेट था ये सारा चीज़ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो आई होप ये अच्छा लग रहा होगा आपको ये सैमसंग की एम है यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट वार्निंग फॉर वेटिंग फोर सेकेंड्स और हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है